आज हम लेकर प्रस्तुत आपके लिए लोग चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्विक रिवीजन होगा सिर्फ एक मिनट के अंदर सभी फॉर्मूले देखिए फटाफट जब अपने को दिया हो ए की पावर एक्स बराबर एम इसको लोग में लिखना हो तो हम लिखेंगे लोग एम इज इक्वल टू एक्स इस फॉर्मेट में लिखेंगे जब दिया हो लोग एक लॉग वन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है ज़ीरो होती है लोग ए बेस पर ए का मान कितना होता है वन होता है जब बेस और मान दोनों समान होते हैं तो कितना होता है वन यहाँ पे ए ए दिया गया है यहाँ पे एक्स एक्स दिया जा सकता है दो दो दिया जा सकता है दो पाँच दो तीन देंगे तो अलग होगा तीन तीन होगा पाँच पाँच होगा या सात सात होगा ये दोनों वैल्यू से माने तो एक आ जाएगा <laughs> लोग एम इन को लिख सकते हैं लोग एम प्लस लोग N लिखा जा सकता है और लोग एम अपॉन को लिखेंगे लोग एम माइनस लोग एन और ए और बी देखो लोग बेस पर बी है इन में क्या है लोग बी बेस पर ए है तो इसको लिखेंगे लोग ए अपोन लोग बी इन टू लोग यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है लोग एपोन लोग बी ये कैंसिल हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे बचेगा क्या ए ठीक है इसी प्रकार देखिए ये ये एम किधर आ जाएगा लोग से पहले आ जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको एम लोग ए एक्स लिख देंगे ये एम वाला ये एम कहाँ आ जाएगा पहले आ जाएगा तो क्या लिखेंगे एम लोग ए बेस पर ए बराबर कितना हो जाएगा एम ए ये दोनों देखें यहाँ से तो ये एक है तो ये एक रखा तो कितना है एम बन गया अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे वन अपौन पी नीचे वाले का आधार का तो अपोन में आ जाएगा लोग ए एक्स लिखेंगे ये वाला वन अपॉन पी आ जाएगा नीचे तो लोग लिखेंगे ए और ए आ जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी वन अपॉन पी होगी लोग एक्स क्यू और पी है तो यहां पे क्या आ जाएगा क्यू अपॉन पी लोग एक्स और ए होगा ठीक है अब देखो क्यू अपॉन पी है तो क्यू अपॉन पी आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा लो ए, ए की वैल्यू ए, ए ये क्या आ जाएगा क्यों अपन पी आ जाएगा ये फॉर्मूले लोक के अंदर यही फार्मूले हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये फार्मूले ज़्यादा यूज़ होते हैं इधर वाले ये फॉर्मेट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये हो गए अब यही इतने ही फॉर्मूले हैं जो लोग के अंदर लोक चैप्टर इन फॉर्मूलों से कम्प्लीट हो जाता है इसके बाद में जो भी हैं वो एक्सरसाइज सॉल्व करें और अपना क्वेश्चन, श्योर सर्टेन सही करने का प्रयास करें।